हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विथ रेखा पहाड़िया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ठंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है एक पनीर भुर्जी आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके एक पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए एक शिमला मिर्च एक छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट दो बड़ी साइज़ के प्याज और एक छोटी साइज़ का टमाटर उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम ग्रेटेड पनीर ये होममेड पनीर है उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं चार अंडे यहाँ पर आपको सिर्फ तीन अंडे ही लेना है मेरे यहाँ पर पनीर की क्वांटिटी कम है इसलिए मैंने यहाँ पर चार अंडे लिए हैं आप डेढ़ ग्राम पनीर में तीन अंडे का ही यूज़ करें ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो होगा पचास ग्राम पनीर में एक अंडा उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग एक बड़े चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा जीरा को हम हल्का सा क्रश करते हुए डालना है हाथों से ये देखिए जीरा हम थोड़ा सा चटकने देंगे जैसे हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बारीक कटे हुए प्याज हम प्याज को भी थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लेंगे ये देखिए हमारे प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट अब हम इससे भी थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ ये देखिए हमारे लहसन प्याज सब थु... अच्छे से बुन चुके हैं अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च शिमला मिर्च को भी हमें दो से तीन मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए बुनना है या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर लीड लगाकर भी इसे थोड़ा सा सॉफ़्ट होने दे सकते हैं क्योंकि शिमला मिर्च आसानी से सॉफ़्ट होती नहीं है अब हम इसे दो मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं दो मिनट बाद आप देखिए कि आपकी शिमला मिर्च जो है थोड़ी सी सॉफ़्ट हो चुकी होगी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये टमाटर टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच नमक अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे भी चाहें तो दो मिनट ढक्कन लगाकर पका सकते हैं इससे कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ये देखिए दो मिनट बाद हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम थोड़ा फीका खाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि हमने यहाँ पर एक शिमला मिर्च भी ली है आप यहाँ पर मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अब हम इस मसाले में एक बूंद भी पानी का यूज़ नहीं करना है हमें स्टार्टिंग से एंड तक इस सब्जी में पानी का यूज़ करना ही नहीं है हम इन मसालों को ऐसे ही तेल के अंदर फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर से ऑइल सेपरेट ना होने लगे ये देखिए लगभग एक से दो मिनट बाद हमारे मसाले से ऑयल सेपरेट होने लग गया है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये ग्रेटेड पनीर अब पनीर को भी हमें मसाले के साथ ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए दो दो से चार मिनट तक भुनना है याद रखेगा इस सब्ज़ी में हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है पनीर डालने के बाद हमें सब्ज़ी को कवर भी नहीं करना है क्योंकि हमने वैसे भी पनीर को ग्रेड कर लिया है ये देखिए थोड़ी देर बाद मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है इस सब्जी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है सब्ज़ी अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये अंडे परफेक्ट प्रेसो के लिए आप पचास ग्राम पनीर में एक अंडे का ही यूज़ करें अगर सौ ग्राम पनीर लेते हैं तो दो डेढ़ सौ ग्राम पनीर लेते हैं तो तीन अंडे मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की क्वान्टिटी बनाने के लिए चार अंडे लिए हैं इससे भी आपकी सब्जी का टेस्ट ख़राब नहीं होगा अंडे बढ़ाने से भी आपकी सब्जी बहुत अच्छी ही लगेगी आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि हमारी सब्जी जो है थोड़ी सी लिक्विड लिक्विड लग रही है लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यू चलाते हुए कि कुछ ही मिनटों बाद ये ड्राई होने लगेगी बस आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ये देखिए दो से तीन मिनट बाद ही आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी जो है पहले से काफ़ी ड्राई हो गई है और आपको इसको जब तक बनाना है जब तक कि यह अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए इस प्रोसेस में मुश्किल से पाँच मिनट का टाइम लगेगा ये देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया धनिया डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए हमने धनिया के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जी को अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे वाह देखिए कितनी यमी लग रही हमारी सब्जी आप इसका टेक्चर देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी प्लीज़ आप मेरे रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अब हमारी सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हम इसे जल्दी से सर्व कर देंगे आपको मेरी अदर रेसिपीज़ के लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं आपको मेरी इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू